जगत गुरु आदिशंकराचार्य ने भारत को एक सूत्र में फिरोने का अद्भुत कार्य किया है बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर के ओंकार पर्वत पर, पर आदिशंकराचार्य की 108 फीट ऊंची और 100 टन की प्रतिमा स्थापित की जाएगी इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ओंकार पर्वत पर चौवन फीट ऊंचा पोस्टल बनाया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा हो जाएगा इसके साथ ही अन्य कई निर्माण भी ओमकारेश्वर पर किए जा रहे हैं इसके बाद यहां इस पोस्टल पर आदि शंकराचार्य की एक फीट ऊंची और 100 टन की प्रतिमा स्थापित की जाएगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं